हरे बार बार दिले रोवे थारी डक की मारी जान मारी डक की मारी हे दिले मारो रो वेरी मन में मैं आवे बापारी हे दिल मारो रो वेरी थुप ये जाते मन में आवे बाब गारी दिले मारो रोवेरी थुप ये जाते मन तेरे सासुता की जानो कौन तोतारोक में